आप लोग आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ नई इन्फॉर्मेशन लेकर नई नोटिफिकेशन लेकर नए जॉब की डिटेल लेकर तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों दिल्ली पुलिस के दिल्ली पुलिस में आ, हाई कोर्ट में रिक्वायरमेंट है वैकेंसीज है जो कि आप सभी के लिए नोटिफिकेशन है जो कि अभी अभी आए आप सभी के लिए तो एक इन्फॉर्मेशन है नोटिफिकेशन uh, है जो कि जॉब का वैकेंसी का आप सभी तक शेयर करना बहुत ज़रूरी है तो क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए देखते रहें इस वीडियो को वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बेलाइकन को दबाना ना भूलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाली वीडियो आप सभी तक पहुँचते रहते हैं तो चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए तो दिल्ली पुलिस के अंदर हाई कोर्ट में मिनिस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है ठीक है दोस्तों हाई कोर्ट की ये वैकन्सीज यहाँ पर रहने वाली है और जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है दिल्ली पुलिस का हाई कोर्ट का जैसे नोटिफिकेशन है मैंने आप सभी को बताया तो एस हैज़ रिलीज द एग्ज़ाम कैलेंडर दो विच इंक्लूड्स द डिटेल ऑफ़ एप्लीकेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कॉन्स्टेबल हैड कॉन्स्टेबल की ये वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है तो मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट की दिल्ली की एक हाई रेप्यूटेड वैकेंसी है रिक्वायरमेंट है दोस्तों आप सभी के लिए तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं इस फॉर्म को अप्लाई करना ना भूलें सभी अपलाई करें जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं तो यहाँ पर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन उनको कन्सेशन है दिल्ली की तरफ से नहीं मिलिया जाएगा जितने भी दिल्ली के कैंडिडेट हैं क्योंकि दिल्ली के वैकेंसी है तो उनको ही यहाँ पर छूट जो है देखने को मिल सकती है ठीक है दोस्तों तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज़ है जैसे कि मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पर और किस तरीके से यहाँ पर आपको अप्लाई करना है फॉर्म कैसे अप्लाई करना है कितनी वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर कितनी सैलरी आपके यहाँ पर लगने वाली है वो सभी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है दोस्तों तो अभी मैं जैसे इसको हटा देता हूँ तो ये एक बड़ी अपडेट है दोस्तों अभी अभी आई थी तो एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी है क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली गाइस हैं फ्रेंड्स हैं आप मेरे फैमिली हैं ठीक है दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आप सभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी है और ये अभी अभी नोटिस आया है दोस्तों जस्ट अभी ठीक है तो आप सभी तक शेयर करना बहुत जरूरी है तो दिल्ली पुलिस की जैसे कि वैकेंसीज है जैसे कि यहाँ पर रहने वाली है दिल्ली पुलिस का यहाँ पर लोग वो है हाईकोर्ट की वैकेंसीज यहाँ पर रहने वाली है और हेड कॉन्स्टेबल की मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में यहां पर ये यह वैकन्सीज है जो कि रहने वाली है तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकन्सी यहां पर देख लेते हैं आपके यहां पर 835 सौ यहां पर रिक्वायरमेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगी तो 835 सौ पोस्टें होती हैं दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा पोस्टें होती हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं ठीक है तो सैलरी पे इसके लिए पर देख लेते हैं आपको पच्चीस की आपकी यहाँ पर बेसिक सैलरी यहाँ पर लगने वाली है जैसे ये आपकी जॉइनिंग होगी ठीक है दोस्तों और इक्यासी हज़ार पर रुपये तक की आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी ठीक है और लेवल फोर तक का आपको यहाँ पर ग्रेड पे का यहाँ पर मिलेगा आपको सैलरी में ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर आपकी एक लाख सवा लाख के पास आपकी यहाँ पर सैलरी जो है लगने वाली है अगर आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है तो आप सिर्फ़ इक्यासी हज़ार रुपये को देखें आप अपना जॉब को अप्लाई करें और फॉम को फिल करें ठीक है दोस्तों और जो लोकेशन आपकी रहेगी यहाँ पर नई दिल्ली के अंदर यहाँ पर जो वैकन्सीज हैं यहाँ पर रहने वाली हैं और जो लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की 16 जून तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं तो 16 जून तक आप शाम पाँच बजे तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं इस डेट को नोटिस कर लें और पाँच बजे से पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर लें जो ऑर्गेनाइजेशन का यूआरएल है वो देख लें आप एक बार डब्ल्यू तो इस वेबसाइट पर जाके भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन का नंबर भी यहाँ पर दिया गया है अगर आपको कोई भी इशू है या दिक्कत है तो मेरा यहाँ पर सजेशन ये रहेगा कि आपके पास के 9 से 5 बजे तक किया फ़ोन को जो है कॉल अगर आपको करना हो जब यह आप करें नहीं तो यहाँ पर फोम कॉल जो है आपका नहीं लगेगा और ज़्यादा आपको रिस्पॉन्स देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा ठीक है दोस्तों नौ से पाँच तक किया फ़ोन करें और दिल्ली पुलिस की रिक्वायरमेंट है सेल का जो एड्रेस है वो आप नोटिस कर लें न्यू दिल्ली पुलिस लाइन किंग्स कैंप दिल्ली 110009 तो ये पिन कोड है वहाँ का अगर आप फॉर्म फिल करें तो आप इसको नोटिस करें ठीक दोस्तो? है दोस्तों पोस्ट का करने है हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टरल डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर देख रहे हैं लिखते हैं हम 503 वैकेंसीज़ यहाँ पर रहने वाली हैं जनरल के लिए यहाँ पर दो वैकेंसीज़ यहाँ पर रहने वाली है ई के लिए यहाँ पर पचास वैकेंसीज़ यहाँ पर रहने वाली हैं टोटल यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं 554 मतलब कि पाँच सौ चौवन यहाँ पर निकल के आ रही हैं दिल्ली पुलिस के लिए हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज़ हैं तो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए मेल के लिए छप्पन पोस्टे यहाँ पर रहने वाली हैं अनडिज़र्व के लिए 24 वैकेंसीज़ यहाँ पर रहने वाली हैं ई के लिए 6 वैकेंसीज़ हैं ओ के लिए ओ के लिए चौदह वैकेंसीज़ हैं एस के लिए छः वैकेंसीज़ हैं एस के लिए छः वैकेंसीज़ यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की फ़ीमेल की बात कर लेते हैं फीमेल की यहाँ पर वैकेंसीज़ हैं जो कि कितने रहने वाली हैं 276 वैकेंसी मतलब कि 276 सेवेंटी सिक्स यहाँ पर वैकन्सीजो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जनरल के लिए 119 वैकेंसी उन्नीस यहाँ पर रहने वाली हैं एडब्ल्यूएस के लिए 28 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं ओ के लिए सिक्सटी वैकेंसीज़ हैं एस के लिए बत्तीस एस के लिए तीस वैकेंसीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी ठीक है दोस्तों तो जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप वो हमको अप्लाई करना ना भूलें ठीक है अपलाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप वहाँ से जाके भी अप्लाई कर सकते हैं ठीक है दोस्तों पोस्ट का नेम है हेड कांस्टेबल मिनिस्टर डिपार्टमेंट तो की एज लिमिट की बात कर लेते हैं जो एज लिमिट यहाँ पर मेन मुद्दा रहता है कितनी एज तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अठारह से पच्चीस साल तक के सभी कैंडिडेट हैं जो कि सभी अप्लाई कर सकते हैं क्वालिफिकेशन है यहाँ पर ट्वेल्थ पास सभी कैंडिडेट यहाँ पर मांगे गए हैं जितने भी कैंडिडेट की यहाँ पर ट्वेल्थ पास हो चुकी है जो अंडर अभी जिनकी चल रही है या जिनका जिनकी चल रही है वो अप्लाई ना करें उनका सिलेक्शन यहाँ पर यहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको क्वालिफिकेशन आपको ट्वेल्थ पास यहाँ पर चाहिए ठीक है दोस्तों आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो ठीक है दोस्तों तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स ये हैं आपकी अप्लाई करने की सत्रह पाँच बाईस से फॉम जो है एक्टिव हैं ठीक है तो सत्रह मई से फॉर्म एक्टिव हैं लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की सोलह जून तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं सोलह जून लास्ट डेट रहेगी वो फॉर्म की जो अगर आपको कर करेक्शन अगर करनी है तो 21-25 जून तक आप कर सकते हैं एग्ज़ाम डेट आपका सितंबर में आपका जो ये एग्ज़ाम है वो हो जाएगा फाइनली डन होगा आपको जो अपल्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं यहाँ पर जनरल ओबीसी बी के लिए यहाँ पर सौ रुपये फ़ीस यहाँ पर रखी गई है ठीक है दोस्तों और आगे देख लेते हैं एस सी एस कैंडिडेट के लिए ई के लिए फ़ीमेल के लिए जीरो फ़ीस यहाँ पर यहाँ की मिल फ़ीस है मोड ऑफ़ पेमेंट यहां पर ऑनलाइन रहने वाला है कंप्लीट प्रोसेस आपको यहां पर देखने को ऑनलाइन मिलेगा ठीक है दोस्तों जो दो दिल्ली पुलिस की जैसी वैकन्सीज हैं जैसे कि मैंने आपको बताया तो ये बड़ी अपडेट है और सभी तक शेयर करने को जरूरी है तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा सी होगा आपका हंड्रेड मार्क्स का सौ मार्क्स का आपका यहाँ पर सी होने वाला है फिजिकल इंडोरेंस आपका होगा पी फिजिकल इंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा जस्ट आपको क्वालिफाई करना है उसके आपको मार्क्स नंबर कुछ नहीं देखने को मिलेगा आपको तो टाइपिंग टेस्ट है यहाँ पर 30 वर्ड पर मिनट की आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करके दिखानी होगी हिंदी आपके 25 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए और कंप्यूटर फॉर्मेटिंग आपकी टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का आपके पास, पास होना चाहिए जो डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन है आपका लास्ट में होगा उसके बाद आपको फाइनली जो है आपका मेडिकल आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद आपकी जो वैकन्सी है आपको मिल जाएगी नेगेटिव मार्किंग की बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग यहां पर आपका जीरो टू पॉइंट फाइव मार्क्स आपके रहने वाली है चार क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं तो आपका सही क्वेश्चन भी आपको ले डूबेगा टाइम ड्यूरेशन यहां पर देख लेते हैं नब्बे मिनट्स तक का आपका ये एग्ज़ाम जो है चलने वाला है मोड ऑफ एग्ज़ाम देख लेते हैं ऑनलाइन यहाँ पर सी ऑनलाइन रहेगा आपका सब्जेक्ट रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस चाहे एप्टीट्यूड जनरल इंटेलिजेंस आपका पच्चीस मार्क्स का होगा इंग्लिश लैंग्वेज आपकी 25 मार्क्स की होगी कंप्यूटर आपका 10 मार्क्स का यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के यहाँ पर आने वाले हैं ठीक है दोस्तों फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है फिर क्या क्या आपको चाहिए एज आपकी 30 साल तक की होनी चाहिए और रेस आपकी होगी 7 मिनट की लॉन्ग जम्प आपका होगा 12.5 बारह फीट का हाई जम्प होगा आपका साढ़े तीन फीट का ठीक है दोस्तों और तीस से फोर्टी ईयर्स अबा फोर्टी ईयर्स तो फोर्टी इयर्स का यहाँ पर कुछ दिया गया है नाइन मिनट्स की आपको यहाँ पर लॉन्ग जंप और हाई जम्प यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको करनी पड़ेगी ठीक है दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए है ये और जो फीमेल कैंडिडेट हैं यहाँ पर उनके लिए वहाँ पर आठ सौ मीटर की रनिंग आपको देख करने को मिलेगी आपको करनी पड़ेगी और लॉन्ग जंप आपकी होगी नाइन फीट की हाई जंप होगी आपकी तीन फीट की फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा आपका जो मेल की चेस्ट है यहाँ पर वन सेंटीमीटर यहाँ पर रिलैक्सेशन हमको दी जाएगी पाँच सेंटीमीटर की टी दोस्तों तो पाँच सेंटीमीटर आपको यहाँ पर फुलाकर दिखानी है तो ये अपडेट है दोस्तों दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज है, है यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर दी यहाँ पर टेस्ट दोस्तों तो इस फॉर्म को भरना ना आप ना भूलें तो ये एक बड़ी अपडेट थी जो कि आप सभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी थी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं आप वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें इससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले वीडियो आप सभी तक पहुंचते रहते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि हम नेक्स्ट डिटेल वीडियो बनाएँ सब्जेक्ट के ऊपर डिटेल के क्या क्या टॉपिक्स आपके यहाँ पर कवर होंगे तो आप हमें कमेंट भी ज़रूर बताएँ आप ठीक है दोस्तों तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप सभी तक शेयर करनी बहुत जरूरी थी